Welcome back with Pokemon ले है, थोड़ा बहुत चलो है। चलते हैं। अपन करने लोगों की आज होगी अभी तक और जिसको खेलना खेलने जाओ, फटाफट बना दे रही के। करेंगे, साथ ही साथ स्टैंडर्ड मैच भी करेंगे

रात को खेलते हैं ना याराइट होती है अपने की। अरे थोड़ा इसमें बता लेना समझा करो यार दोनों बराबर होना चाहिए न समझ रहे हो नीजे माई अपना नाइट में होता है अपन नाइट में तीन घंटे खेलते तो नौ से बारह और करते चाहिए

मुझे दोबारा भर भर के खेलते हैं खेल अगर आपको भी खेलना हो तो का जा तो भी बनाई अरे यार मुझे ना गेंगार बहुत अच्छा लगा यार गेंगार नहीं मिला यार मुझे कितकों में आएगा भाई गेंगार कभी कभी सुबह में भी खेल अरे सुबह में यार मेरे वो चलते हैं लेक्चर्स रहते हैं इस चक्कर में नहीं खेल पाता तो मैं सुबह से

अभी टाइम था इसलिए और दस हजार में है ये लाला जी खरीद लेते यार में कितने में आएगा ये कितने में आएंगे ये दो सौ डाए कितने का था वो साढ़े चार सौ इतने का समथिंग था नहीं देखते हैं ऐसे लेने की तैयारी करते हैं ओके तो अपन इससे लेंगे

ये तगड़ा है यार गेंगार मैंने खेला कल इससे एक नंबर मजा आ गया कुछ बोलो क्या मारता है ना आवाज वगैरह आ, आ रही है ना यस यस यस या, ओके ओके ओके ओके, ओके, ओके, ओके बाय ओके चलो आ जाओ खेलते हैं गेंगार से

गेम गेंगार्ड तो नहीं अपने पास तो वो है मोटा बूंदा आदमी है सालों से खेलना पड़ता है मजा नहीं तो गेंग तो क्या तगड़ा था मज़ा आ जाता है गेम गेंगे कल उससे खेला था मैंने रैंक स्टैंडर्ड मैच किया तगड़ा चलता स्टैंडर्ड आप पा रहा है क्या लेजेंड भाई आजा अपन खेलते हैं यार थोड़ा रैंक पुस मार थोड़ा थोड़ा रैंक पुस मारेंगे

कोई आ रहा है क्या बता दो जल्दी चैट में कोई आ रहा हो तो एक्सपर्ट फाइव है इसके बाद लगेगी मेरी वे टेट लगने वाली है आ जाओ यार जरा वे ट्रेन वे ट्रेन लगाते हैं यार तगड़ा वाला नहीं तो पर मुझे उनके साथ रेंडम के साथ खेलना पड़ेगा माइनस होगा तो कांड हो जाएगा

ठीक है ठीक है ज्वाइन कर रहा मैं सिक्स नाइन वन थ्री जीरो फाइव नाइन थ्री अरे कहाँ है लोबी? नहीं है लोबी कहाँ है यार?

क्या ले कहा उसका करना क्या मुझे सही नहीं है जो तुमने देखे तो गए मुझे इसका करूं क्या मैं आ जाओ भाई जल्दी जल्दी, जल्दी पॉकमोन खेलेंगे आज तो नहीं क्या चल आ रहा है मामा कुछ कुछ स...

कोई आया ही नहीं यार जल्दी आ जाओ यार जैसे कोई चेता नहीं यार ढक के रखने आ जाओ कहीं फटाफट जल्दी जल्दी आ जाओ लाइक कर दो साथ ही साथ में और जिस जिसको खेलना हो वो आ जाओ बिना देरी के अपन करते हैं अपना गेम शुरू को आ गए आदित्य भाई आ गए

चलो आदत तो तो आवाज मुझे मुझे आएगी कि नहीं नहीं वो तो पता नहीं मुझे। अभी तो मैं कर देता रेडी ओके अरे मतलब या कोई

तो पॉइंट नहीं बढ़ने दे रहे यार ये लोग पॉइंट बढ़ जाने देगा तो क्या हो जाएगा हैं आ जाओ गाइस इसके मेरे बटन रख लू क्या एजेक्ट बटन पे तो काम आता नहीं है इसमें इसमें तो इसके पास स्पीड रहती है तो एजेक्ट बटन की जरूरत नहीं रहती

आजा और डब मस्त करह अली दादम लान मेरे लान लान मेरे मेरे पत रखियो पतला झूल सुंदरी दा सेमतदार अली दाबा कलंदर दम दम मस्त कलंदर करम में

मस्त कर आ जा लंडो आ जाने हिंदी बोलते आ जाह उस तरफ देखते है गेंगार को अपन मार पाएंगे कि नहीं ठीक है कोशिश जारी है गेंगार में सबकी पिटाई लगाने की

हाँ कोई नहीं बचेगा वैसे तो गेंगे बहुत तगड़ा बोल सकते हैं अपन बहुत तगड़ा खेलता है तो उसकी जो एक ड्रीम ईटर वगैरह वो पावर है ना वो बहुत तगड़ी है Ready, गो। पहले लेंगे हम इमेन कहा जा रहा है ये? मैं मैं उसे लूंगा अबे यार यहाँ आ भाई यार तुम

आदित्य भाई लेगा बढ़िया पंती कर लिया आदित्य भाई ने चलो इससे निपटा लो इसे मार लेते हैं

अभी अभी नहीं ले ये दिक्कत हो मैं अगर उधर माइक ऑन कर लेता हूँ तो मेरा एक तरफ का माइक बंद हो जाता है। गेंगार आ गए मारेगा भड़वा बहुत कुत्ते चीज है वो गेंगार

बहुत मारती सही में गेंगार की दो पावर तो मुझे तगड़ी लगती है कोई बच ही नहीं सकता सला उसकी पावर से तो। क्या तगड़ी पावर होती है चिडिया, चिडिया भाई चिड़िया चिड़िया भले भाई चिड़िया को मैं जाने दो ये ये कौन है अच्छा ये गेंगर गेंगार है तो पकड़ के मारो साले गेंगार झमरा चमारा कर दूंगा मैं तो

चिड़िया अरे इधर मजा हो यारे अरे अरे अरे गेंगार बेटा तेरी जली ना पीछे से वो भी ये क्या छोड़ गया झेर छोड़ गए तो यहाँ कोई नहीं मजा आएगा इसको

गेंगार अपोजिट में जो कि फेवरेट प्लेयर था मेरा मैं कह सकता हूँ गेंगे तगड़ा ही है कुछ बोलो बहुत तगड़ा है अगर आपको लेना हो ना वही लेना मैं तो वही प्रेफर करूँगा कोई सा प्लेयर मत लेना गेंगार ही ले लेना कोई नहीं बच पाता गेंगार से अरे गोल कर दिया की होना ने।

भाग गई आज अरे यार ये गेंगा वाला डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे ये चिड़िया को धलो इसकी पूछ चिड़िया तेरी और ऊपर तो वो मजे से अटैक कर रहा गेंगा आ गया

ऊपर कोई नहीं है पच्चीस वो हो गए अरे गया गया गया नाइन टेल ले गई सही है नाइन टेल गजब है आ गई बोल आ गई बोल रोटम लिया। कोई बेस पे निकाल लो अपन

अरे उसने गोल कर दिया और भाई क्या हाल है मस्त बढ़िया हाल है भाई अरे कहा जा रहा है राक्षस की रात ची ओला अरे अब यहाँ आ गए बड़वा अरे मुझे लपेट लिया इसने यार बढ़िया है प्रतिक भाई

बढ़िया लाइक कर लो जल्दी जल्दी आप भी ऐसा तो मार के ही रहूंगा साले साला तो सला तो मजा ज़्यादा जाता की क्या गजब की खासियत है ना बस पहले पहले फिर पे मारेंगे सालों को

अब तो बफ है आजा बेटा आप कौन आ रहा गोल करना अब आजा आ जाओ कौन टे आगे।, आगे तो बहुत बोल ही बोल पड़ी है

गोल कर दो गोल बिना देरी गोल कर दो साला दो दो मिल गए निकल लो यहां से निकल लो गोल करके खेल <laughs> खत्म सला एक गोल में खत्म अबे नीचे देखो ना अभी

बोटम पे देख लो हम ऊपर देख रहे हैं चल चल चल चल चल, चल.

उसे उसे मैं व्यवस्थित कर रहा इसकी इसलिए अरे हेल्थ नहीं है यार बड़वा वो आ गया यार

अबे अब आ जाओ बे बैकअप चाहिए मुझे दोनों के पास 50 50 पॉइंट हैं यार आना जाए हार गया यार ये वाला गेम तो अरे उसने कर दिया हार जरूर आने यार कोई नहीं रोक पाया हार और रुक गया रुक गया रुक गया जरूर रुक गया

ये अर रोक लो बस फिर तो मैं आ रहा अब मैं आ रहा हूँ सेंटर चलो सेंटर

मुझे बचा लो रहे सेंटर जाओ गई सेंटर में ये घूम रहा है

और मुझे लपेट लिया उसने अरे ले लो ये चिड़िया यार बिल्कुल पचास पॉइंट थे बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया मिल गया मिल गया मिल मिल मिल गया गया गया डुज मिल गया चलो चलो चलो

ये कितना टाइम हो गया था मैं मैं होता सरेंडर सरेंडर सरेंडर कर कर दिया भाई जीत गया जीत गया

कैसे ना कैसे जीत गए अरे एक्सपर्ट पाइप्स से आप तो जाए रूम बनाते हैं अपन रूम इस पे रूम बनाते हैं अपन स्टार्टर रूम

कौन आया था भाई हमारे हमारे में कौन आया था हो जाओ मैं रूम इन्वाइट कर रहा

कहाँ से करूँ इन्वाइट कहाँ से करूँ इन्वाइट मैसेज कर ले लें कहाँ भेजूँ यार नहीं आता मुझे मैसेज कैसे शेयर करूँ

पे भेजूँ किस चीज पे प्राइवेट भेजूँ आज ट्रू खोला

कॉपी आ गया आ गया आ गए आ गया लो लो लो दे रहा मैं दे रहा आ तो गई तो तो तो तो तो कहाँ से आ गए भाई तुम हेलो तो आ तो, तो गई तो कहाँ से आ गए भाई तुम हेलो तो आ तो गई शायद को ही आ गया मेरे इसमें

पता नहीं है मुझे फोन आया पर आया है चलो चलो चलो ये रही लिंक पता नहीं है मुझे फोन आया पर आया है चलो चलो चलो ये रही लिंक ये रही लिंक मैं रूम में हूँ अच्छा हो रूम में हो कहाँ से मिल गया आपको कैसे मिल गया रूम

हेलो हेलो चलो पे मिल गया, okay. पे मिल गया? कल वाला था अच्छा मुझे तो मिल ही नहीं रहा था यार कहा लास्ट लास्ट में जीत गया अपन वैसे नहीं जीत पा रहे थे था, बचा आ, और

तो मेरे पे बॉल था, तो तो था तो चालीस का मिनट किया हाथ तो साफ करके आने तो बिल्कुल साफ करके आने हाँ बहुत अरे

अरे आ जाओ भाई हिंदी चल रहा मत ना भाई कोई अरे हम मैंने गलत ले लिया यार ये मुझे ऐसा लगता है ये ग्रीडेंट उससे ग्रीडेंट से अच्छा साला गार ले लेता क्या तगड़ा मारता है ना वो मजा आ जाता है

भी तो दिफेंडर दिफेंडर उस, दिफेंडर हाँ, वो भी सारे अच्छे ये डिफेंडर जाता है यार हमारा उसका रहता और ब्लास्ट ब्लास्ट था था। किसी ने नहीं लिया तकड़े तकड़े लिए ग्रेनें

टेलन सब अटैकर अटैकर इनके भी ही डिफेंस का काम कर रहे हैं अच्छा देखते हैं आ जाओ अपन तो मारेंगे अपने को तो वो, वो ले लो रैप तो ले लो लास्ट में तो से अपनी जिंदगी खेल हो जाती है

और कोई एक दो दो तीन आदमी रहता है ना तब तब पूरा जाता तो तो आ, है सब साथ में घूमते पर तुम मजा ही ज़्यादा बिल्कुल कतई बाकी यूटीबर लोग चार पांच सौ सब्सक्राइब उनका तुरंत भाव भी भर जाता है हाँ यार हमारा बता है यार पता नहीं क्या Ready,

अरे वो है ना उनने पूरा पोकेमोन से स्टार्ट किया है ना इसलिए उनके पास बस पोके अरे तुम फिर आ गए तुम यहाँ आ देते भाई यार देख फिर ले गए यार तुम मेरी बोल ले जाते हो यार हर बार ले जाते हो तो जा

मैं खेलो अरे अभी नहीं खेल पाता मैं मेरा कॉलेज भी चलता है मुझे कॉलेज में कॉलेज मेरा मैं ऐसे नहीं रहता ना कि मैं दिन भर ये अरे उसमें उस तो बहुत टाइम लगता है यार कॉलेज में मतलब निकल लो अरे जरूर आ गए पागलो पे,

ज, आ गया है मार दो दो तो घंटा तो का आउट दे तो, साला जिंदा ही ना हो पाए फिर आ गया भाग लो लगा लगा भैया खाने मत दो

ले अरे सही सही मुझे मार दिया यार इसने। कोई नहीं गजब दिया पन ने बहुत मारा

लगा अभी तो मार मुझे मार रहा है वो पांच हो तो या लेवल लेवल ले हो बढ़ा लेना इधर आओ पीछे पीछे पीछे पीछे ले गया अब आ गए ऐसे पे

ये ये ये भी तो भी गया, गोल गोल, मारो इसकी अरे था। भाग। भाई, लैक्स डाला आधी हल तो एक बार में खत्म कर देता ये मोटा <laughs> पूरा कु देखो कैसा अटैक कर रहा है

क्राउन बाय वेलकम टू स्टेम हाय हाय हेलो हेलो कोई ही तो नहीं है बे कोई स्पॉन नहीं हो रहा मारूं कौन को, है चलो चलो चलो चलो इसे मिला साला स्नो को मिला है मतलब बोंदे को मिला सा है. चलो, चलो, चलो, गोल, गोल मारेंगे

जरूर जरूर जरूर आया आ ले लिया तो कर अरे ऊपर जाना है ऊपर यार मैं वहां से भाग आया उस जगह से कल वाला हाँ हाँ

हेलो क्राउन भाई क्या क्राउन में था ना नहीं नहीं क्राउन वो है आया अरे डो टेस्ट भी भग गया था अलम मार ओभी जरूर हम नीचे गोल मार दिया उसे देखो भाई तो हमारा बो, मोटा बूंदा तगड़ा ही है

सबको मार रहा है वो तो है वो वाली नहीं ले मैं लेकर भगलो अभी तो यू मार रहा था मैंने दो तगड़ा

अभी तो जीत गया वो, वो उनने एक भी बेच नहीं तोड़ पाए अपना पता है अपन ने उनके दो पोट दिए अबे ऐसे कौन सा झटका लग गया अरे चिड़िया के बाद जीतेगा कौन जीते हड़ेगा इधर साइड आओ अरे अभी ऊपर लड़ रहा है अभी ये कहाँ गया?

मैंने अकेले नहीं छोड़ा लिया यार उसे तो अबे बचाना अबे मुझे बचा नहीं रहा यार मेरे पे पैंतीस बोलती यार अरे बचाओ भी उसे अरे मार दे जरूर अरे यहा जरूर लेटूबा यार आईज वाइफ आईज वाइफ मैं आपके साथ रात में खेल खेलाता हूँ आप है ना मेरे को धोखा दे के भाग जाए ठीक है

मेरे को नहीं आता खेलना ठीक है और आपसे मैंने बोला था अब तो एक मैच और खेले भाग गए आने आने दे आने दे आने दे आने निकाल फोस की आख तेरी देख ले कोई या ना जाए उधर अरे मुझे कवर दे

अरे यार मैंने बोला था कवर दे यार सैतीस का गोल करता यार तो तो अब मैं तो रात में खेलता यारे यहाँ वो वाले गेम अरे ये मेडल में आ गया एक इसकी आ गया। भाई तो पूरे चालीस नीचे आ गया

मैं ल, मैं आ रहा बस लेके आ रहा अरे अब आ रहा मैं मैं मारूंगा अब यूनाइट मारूंगा कहाँ है बे मैं यूनाइट मारूंगा कहाँ है बंदे यूनाइट भर के लाया हूं मैं बता अबे ऊपर गोल हो गए भाई बेस पे चलो

लेफ्ट में देख लेफ्ट में अरे पकड़ बे इसे जे पचास कोइन है इस पर पकड़ पकड़े उसपे पचास कोइन है

आजा आजा ले ले, ले ले ले लो ये लेगा। लेगा सिंड्रेस को मारो मारो अबे अबे ना यार, यार। वो वो ले जाएंगे यार। चिड़िया भी आ गई मारो मारो मारो जल्दी लो अबे जल्दी लेना उसे मेरे सेकंड छे बचे। ले यार। पे चालीस बोल था मेरे पे

सेंटर आ जाओ चिड़िया चिड़िया ले लेगी यार गलत मारती है मुझे अरे गोल बचाने अभी गोल मत बचाओ यहाँ को बहुत लोग हैं अरे लोगों ले लिया यार कोई आ ही नहीं रहता यार

अरे आप तो डिफेंड करो बस यार हर गोल को डिफेंड करो यार डिफेंड करो अबे नीचे आ गए नीचे नीचे जाओ नीचे नीचे गोल बचाओ अब तो और एक सेंटर में भी आ गया कुत्ता आप बाहर ना जाए यार

जीत कौन जीता हम जीते अरे यार बोला था एक बिल्कुल क्लोज तो है यार मैंने अच्छा खासा बोल दिया मैं, मैं कर नहीं पाया मैं मारता ही रह गया

मुझे रैंक कर तो जब जब पुस्ट in करते है चला मास्टर लगा के रहेंगे आ जाओ जल्दी फटाफट में तो पहुंच जाऊंगा यार

एक पास लगभग सारा कहाँ आ रहा कृष्णा भाई आ गए कृष्णा भाई, भाई वेलकम टू श्री वेलकम टू एम चलो आ जाओ स्टार्ट कर दें और कोई नहीं आ रहा है, आ है? नहीं आ रहा मेरे

देखो मैं प्री फायर बिल्कुल नूबड़ा हूँ ठीक है मुझे प्रीफायर में कुछ समझ नहीं आता यस व्हाट सजेशन ब्रो ब्रो आई नीड सजेशन पूछो किस चीज के रिगार्डिंग हुकुम, हुकुम सर आपके हुकुम बोले हम आपका सराखों पे रख देंगे हुकुम सर पर पे। हे हे। पूछो क्या

क्या सजेशन चाहिए आपको भी ले <स्थाँगे> <स्थाँगे> लो तगड़े भैंस की मारेंगे मैं ये ले लू क्या ले लूं क्या मैं मार तो अभी तगड़ा है यार

भी का, बहुत दूर था है बहुत तगड़ा लगता पर मुझे मेरा आज ब्रो, मेरे में हाथ जमा चैनल की वीडियो सर्च में नहीं आती है <laughs> भाई, में तो मेरी नहीं भी नहीं, नहीं आती यार। भाई उजवल खेल के था है

अरे ये इन चीजों की वीडियो सर्च में आना बहुत मुश्किल होता है यार अपने अगर एक मिलियन सब्सक्राइबर भी हो ना तो भी अपनी वीडियो सर्च पे नहीं आएगी उसे सर्च पे लाने के लिए क्या करना होता है ऑफ कोर्स वीडियो पे मीन्स जो रहते हैं ना आ, कह सकते हैं आपका थंबनेल जो क्लिक वगैरह करते हैं ना पर्सन अट्रैक्ट करना चाहिए तुम्हारी वीडियो का थमनेल क्योंकि तो उसमें तुम्हें पहले वीडियो देखेगी नहीं कुछ

ऐसा करो करोगे लोग अट्रैक्ट हों जैसे जैसे तुम्हारी सीटीआर बढ़ेगी ना कलेक्ट्रेशन रेट ठीक है उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी जितनी ज़्यादा वो होगी उसके अकॉर्डिंग अगर कोई सर्च करेगा ना अगर किसी को सर्च के पोखे यूनाइट या जिस रिकॉर्डिंग तो तुम्हारा वीडियो सबसे पहले आएगा। जितनी ज़्यादा ए हाँ तो वही तो होता है अट्रैक्शन पर रहता है ना जितना ज़्यादा तुम अट्रैक्ट करोगे अट्रैक्ट तुम्हारे ऊपर है कैसे अट्रैक्ट करोगे

आ, करो कुछ करो बस अट्रैक कर लो लोडो को कुछ मूर्ख बना के मारूँगे तो मैं, मैं आदित्य भाई हाय सब्सक्राइबर मुझे नहीं पता यार वो ले लेता है अपने आप

लेना भी तो है आज हो जाए जैसे जो लेना ले लो देख देख ऊपर पिकाचू आ गया पिकाचू मैं इसके यहां पिका पिका पिका प्लीज चोरी नहीं पिका पिका बोलता है वो पिका सब्सक्राइबर प्लीज सब्सक्राइब प्लीज हां है गाय के वाले ये गलत जगह जा रहा है

आगे आगे आगे आगे। भागवालो, भागवालो रे अरे यार बचाना मैं तेरे भरोसे यार भरोसा देता अभी निकल गया यार आ नो प्रमोशन नो प्रमोशन अलाउड अभी पहले हमारी ग्रोथ हो तो जाने दो यार

हम आपकी कहां से जुगाड़ करवाएं? अरे करवाए ने चिपका दिया, भी चिपका चिपका दिया। कौन कौन? तुमने? नहीं, नहीं। इसकी कौन? ये पिकाचु को जा रहा है बहुत गुस्सा गर्मी दिखा रहा है ये पिकाचू सला

खा जाओ अरे बचाओ भाई मुझे वो जब पीकाने फिर मारा मुझे अरे आदि भाई आ गए

अबे अरे भाई यहां माँ चौड़ा चिड़िया मार के फेंक दूंगा मैं कोई से गटर में अबे नीचे तो होगा बे? अरे बगल अरे ने पार दिया आओ घर में ले बस। तो उनके घर से बाहर निकालो साल

ऊपर अरे तो तो मेरा किल मत ले यार। है मारूंगा के साला हाय हाय हाय हाय हेलो हेलो हेलो हेलो कितनी बार करेंगे हम तुमसे हाय हेलो। अरे मारो बे इसका लेवल सेवन है मुझे मारना है

मेरा ही लेवल का, मैं लेवल लेवल मैं ज़्यादा अबे वो आ गया, आ गया बाग गया। बाग गया बाग गया गया। गोल करने भाग भाग भाग अबे यार ये लोग फिकाशू वगैरह बहुत मार रहे है यार सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब भाई मैं कहा से कर दे यार

हमारी हेल्प हो नहीं रही हम आपकी हेल्प कहां से कर दे हमारी कुंडली पे सनी चढ़ा बैठा है आप बोल रहे हो कि हमारी कुंडली सनी हटा दो तो तो गुस्सा आ आ रहा रहा है। है। साला

मारो ये ये क्या था से आ जैसे पेट में डकार मार रहा हो कोई आया, आया आया एक तो गलत गाया

अरे इसकी पंखुड़ी अरे मेरे चालीस हो गए मुझे बचाओ निकलो बस निकलो बाप मैं जा रहा हूँ ऊपर गोल करने ठीक है बस ऊपर कोई बैठा ना हो

भी लपेट गया। गया। पक्का है। अरे क्यों जाते हैं आज स्पीड में कैसे अरे उसे है। ये टूट गया

इसे पकड़ो भाई कौन है ये इसका नाम क्या है हम हार गया। हार गए गए अबे अब उनने या, यार पूरे गोल कर दिए यार गया अरे यार टीम मेट ऑफलाइन हो गए यार गेम की बॉट लगवा दी इन लोगों ने अब गेंगार आ गंगा

गेंगा को पक्ड़ु भे। पक्ड़ु भे गेंगार को पकड़ो पकड़ो को अबे वो गोल करते जा रहा यार अपन उन्हें मारते है। क्या है

डैमेज कर जल्दी कोई यार अबे ये 45 वाला सिंड्रेस है सिंड्रेस घूम रहा है नीचे उसे पकड़ो साल सोई सारी यार

वो भी गया नेका। कोई नहीं बचा जल्दी जल्दी मारो बॉल है थोड़ा सा तो गोल डबल मिल जाएगा। मिडिल में आ गए ये लोग इसने भी गोल किया के रहिए

इन्हें मारने दो चलो चलो चलो चलो चलो तो बॉल ही नहीं अरे एक दो एक दो जितने भी हों उत करो गोल करो अबे मुझे ये मार दिया यार

चौंतीस गोल थे यार दिमाग खराब हो गया यार गए यार अब तो गए यार।, तो यार मैं चौतीस तो का सीधा अड़सठ पड़ता यार ये कौन कौन ऑफलाइन हो गया अबे? बहुत तीन तीन ऑफलाइन हो मिस्टर माइंड बॉट है वो अबे ये मेडल मेडल गई अभी ऑफलाइन हो गए तो यार अब क्या होगा

देखना अपन तीन ही तो थे तो थे बे दो वो है ना वो तो कुछ करते नहीं है उनके कंटिन्यू एमबीपी मैं सीपीओंट मैला दिमाग खराब हो या, या।

एक्सपर्ट क्लास का दो स्टाइल चला गया मेरा मेरा भी चला गया यहां ये ये कृष्णा खेल रहा है कि गया खेल रहा था चल रहा था ये ग्लिच हो गया कौन टीम तो ये मुझे क्यों इनवाइट कर

ही नहीं रहा अरे यार दिमाग की यार की हो गई वो वो वो अलग टीम है, वो दोनों। वो दोनों अलग टीम टीम दोनों दोनों तो इन्हें ले लें क्या अपन ये विकास गेंगर था क्या

अगर ये होता तो मज़ा जाता आ जाता है आ रहा है रुक जा आ रहा है मैंने सेंड किए देखते हैं आता है कि नहीं आएगा तो मज़ा आएगा आ नहीं आ गया आ गया।, गया चलो चलो तू इनसे बात कर लेना ठीक है

एक एक प्लेयर उड़ चाहिए यार ये बोल रहा नहीं होगी भाई मारेंगे यार दो दो मैच में माइनस लग गई गई यार इतना तो तगड़ा वो चल रहा था मैं हैं? भाई कहां जा रहा है यार तू

मेरी मास्टर तो लगवा माश्ट, तो लग यार मास्टर मास्टर तो लगवा दो यार मैं ऐसे खेलूँगा इससे ही मारूँगा मास्टर तो लगभग खेल ले जैसे खेलना हो ले लो अगर लेना हो तो तगड़ा है अपना ही नहीं तेरे पे नहीं है

यार तेरे पे सुन नहीं मेरे पे दस पिकाचू हैं दस और तो दस पोखे मोहन सभी पिकाचू तो एक ही है दस पोखे मोह ने अपने पास तो कोई

हाँ? नहीं, नहीं।, जाना। हो है। नहीं मैं अरे ऐसे कैसे ऑफलाइन हो जाऊँ मैं पिकाचू

एक से एक एक मार ये गोली करके गया मेरा मैं मारूंगा तो अरे हाँ यार पहले अभी ही दो बॉल लेके जाते करूं मैं ये तो गुस्से भी मैं

दस हजार भी नहीं है मेरे नहीं हो मैं नहीं मांगता मुझे। और अरे मार गया मुझे वो जरूर ने गोल भी कर दिया

अरे ये आ गए रे दो दो आ गए मरे में लपेटने अबे ये दो दो आ गए यार, यार। लेबलअप अभी अब यार कोई यही नहीं है यार मैं कोने मारूं यार लेबल अब कैसे होगी मेरी पिट सो के तो रही होता

मुझे वो चाहिए वो घूमने वाला कल छोटे बांस अरे वो आसपास उसकी लीफ वाली रहती है ना, आ, ना। लुकारियो आया मारो मारो, मारो लुकारियो पेट रहे, रहे, पेट रहे। जाने नया बढ़ दिया में आगे चलो आगे चलो चलो हाँ

वो उनकी नहीं अभी तेरी कहां से मिल जाएगी तो माणू माणू मेरा चुरारा यार आया? लपेट रहे

अबे माना क्या अरे तू तो उसके पीछे पड़ गया मुझे मार डाला तू आगे निकलो निकलो, निकलो, निकलो, निकलो। अबे यार इसमें भागने का नहीं होता ना यार या ये मोटा भाग नहीं पाता यार ऊपर हैं बेस्ट टीम कर दे यार दोस्त अब तू वो ग्रीन बन छीन का

रुक जा देख लिया उसने। अबे अबे उसने ये ये मार रहा है मैं देख और निजा मेरा कब बड़ा होगा यार बड़ा होगा गया हो गया हो तो मुझे भी लपेट लिया रुक जान बचता है

बेटा हमारा जंगली कहां छोड़ा रहा है बे अब इसे कैसे मैं वो लेवल अप का ना मुझे मारूंगा अभी तुम्हें सबे पिड़िया, पिड़िया, पिड़िया।

कहा चल रही है आगे कहीं चल रही जा अबे मारो यहां मैंने कितना डैमेज दिया था यहाँ जरूर आके मुझे लपेट के ले गया यार उनने ज्यादा तीन गोल उड़ा दिया अपन उनका एक न उबड़ा था

देख बुक पतने कैसे मार देते हैं यार वो वो डबल टीम यूज करता है ऐसे लोगरा मारता है साला सैंड्रेजी ले लेना थी हां मेरा माइनस पे माइनस लग गया ये ना था मैं कर देता हूं कितना अच्छा है

ऊपर आ जाओ ऊपर ऐसे ले लो भे अबे ऐसे ले लो आपको भाई वो ही लेंगे यार अपने बस की नहीं की कर दी गाँव

कोई नहीं आ रहा खेल न एक भी नहीं आया इधर भी तो इधर भी तो सब को यहाँ सबको मारो तो 20 गोल कर देगा चलो पांच लोग पहली बार एक देगा इधर पीछे जा रहे हो आगे

अबे उसे मारते यार। उसने मुझे मारा अब पीछे सब अबे गोल मोल T... लेते हैं यार जेबडोस को लेकर मार पाए

अरे वो सब आउट देते जा रहे हैं उनके पास 50 50 पॉइंट हो गए अभी वो पूरे पांच के पाँच गो घूम वो तो

मुझे भी पहुंच नहीं आ रहा। कार नहीं ला डाला। वो गोल कर दिया। आर गए यार। The final stretch। जेब्ड हो जाएगा। Car का don't give up be。Unite का में तभी हारा।

ऊपर वो पचास वाला है, उसमें दो। उनके पास तो जेबडोज भी है बे भी दिया था वो जेबडोज कर रहा है बे मेडल में चलना बे

हार गए यार उनने मुझसे भी मार दिया यार अपन इधर उधर लगे थे उनने सबे मार दिया हमारे भी घूमना गोल नहीं कर सकते यार कांड हो गया कांड हो गया

तीन बार माइनस लग गई आप सोच रहा था आज ट्रेन लग जाएगी खराब मा हुआ माइनस में माइनस लग गए तीन मैच कंटिन्यू में अब कर दो भाई ये सरेंडर अब कोई चांस नहीं बचा

तो से नहीं चार पाँच गुना होगा एक बार, एक बार तो बेना उसकी की पूरी टीम ने आ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है तुम जाओ हम तो अभी भी सोलो खेलेंगे सोलो खेलेंगे हम तो अभी

माइनक्राफ्ट तो भी खेला नहीं अब गिरी तो नहीं ना चल क्लास फाइव पेड क्राफ्ट माइंड क्राफ्ट नहीं खेला यार

लग पर अरे यहाँ ये लोग खेलेंगे के भी नहीं टीम दिखा रहे या या ये।, ये हो रहा है मजा आ जाएगा

ऐसे ऐसी के ना पड़े गांव अफटफट

सोलो ही खेलना पड़ेगा सोलो ही खेलना बार से फ्रेंडम के साथ खेलना पड़ेगा यार अब तो गाइस मैं सोच रहा था यार, आ जाएंगे बंदे यार फुल हो जाती तो मजा आ जाता स्क्वाड में खेलो तुम ही ले लिया अपन ऐसे खेल लो यार

ला हमें मौका नहीं देते हैं ये लोग बिल्कुल साथ नहीं देते एक साथ दे के खेलें तो, तो मज़ा आए लाइक कर दो यार जो भी जो कोई भी आ रहा हो होगा फटाफट -पट लाइक कर दें अगर आप नए नवेले हो उस चैनल पे प्लीज लाइक करके समर्थन जरूर दिखाएँ आपका एक समर्थन हमारे लिए हमें बहुत आगे तक पहुंचा सकता है

उससे ज्यादा तो मैं कुछ सोचूंगा भी नहीं आप लोगों का एक एक समझ मोन हिंदी

जाओ गाइ जल्दी जल्दी आ जाओ किरिक के है

आप ठीक टीजेगा आ जाओ जल्दी जल्दी लाइक कर दो यार बिना देरी के लाइक कर लाइक बस दूंगा खेलने जा रहे हम गो चलो अरे बॉम ले लिया इस बार तो कोई नहीं ये मेरा शिकार है कोई नहीं छुड़ाएगा जो छुड़ाएगा उसे मारूंगा मैं जाले जल्दी

मार जल्दी मारना भाई मार, मार से मार मारो बे जरा छोड़ती में मारो बे किधर जा रहा है बेटा रुक जा मैं लेवल चाह कर लू फिर बता रहा हूँ

बचुआ किधर किधर किधर गया, गया, गया, गया, गया। निपट गया एक केलो गया वो देख

आजा आजा जा कोई ना आ रहा था आज कोई नहीं आ रहा मारूंगा मैं अकेले पकड़ के तुम सब जब मुझे मेरी असल ताकत का एहसास होगा तब बताऊंगा मैं तुम सब कि कितना दमदार इंसान कल बेटा वो तो गेंगे नहीं मेरे पे नहीं तो मैं दूँ तुम्हें गोल करो गये फटाफट गोल जो आए

अरे ये बड़ा ना हो जाए जाएगा मारेगा नहीं तो लगा बहुत मारेगा अबे बचाओ भाई मेरे पे हिल नहीं है हेलो सुरेश भाई आज टूर्नामेंट नहीं होगा आप अब नहीं है ब्रो वो टूर्नामेंट तो बहुत पहले ख़त्म हो चुका सुरेश भाई

उस टूर्नामेंट को खत्म हुए महीने हो गए रोजाना नहीं होगा एक दिन ओजाजी जी स्पोर्ट के नाम से टूर्नामेंट होंगे जल्दी होने वाले हैं

अरे यहाँ गलत चीज आ गई यार आज तो यार और सही तकड़ी चीज है भी। अरे अरेट हाँ ये भी गया

वो तो चल रहा है ना वो नहीं कर पाऊंगे यार मेरे पे क्या हुआ ना वो, वो है ना मेरे पे स्ट्राइक आ गई थी इसके चलते रहा ना भाई मैंने नहीं किया उसे उसमें

अब स्ट्राइक आने के बाद क्या चैनल की वॉट लग गई थी स्ट्राइक आ जाती ना फिर अच्छा नहीं रहता वो तो उसपे ही हो रहा होगा लोको पे होगा भाई वो। और वो तो अब थ्रस्ट पे चल रहा है ना अब थ्रस्ट स्पोर्ट पे।

अब तरह से इस्पोर्ट पर है ना राना भाई वो तो अब वो देख लें तो उसकी आज टाइमिंग वगैरह चेंज कर दी होगी क्योंकि और भी मैच चल रहे हैं ना इसके रिकॉर्डिंग वो अब तरह से इस्पोर्ट पर चलता है वो मैच जैसे उ, उस दिन नहीं हुआ था क्या वो टूर्नामेंट का भी ताकि इन्विटेशन का भी तो चेंज हो गया था इसके

वो चेंज होता रहता है उनका आप आप देखो जितने भी ये इस्पोर्ट के हैं ना सब डाल लो आप तो हाँ जैसे मैं बता रहा ये तीन चैनल हैं जैसे ट्रस्ट हुआ विलेजर हुआ और स्काईलाइट हुआ इन होते हैं ना सारे स्पोर्ट के वैसे थे

यानी तीन चैनल्स पे होते हैं जितने भी स्पोर्ट टूर्नामेंट होते हैं ना ऐसा है

और जो भी मान लो प्रो वोट उनका प्रो वोट हाँ, आ जाओ तुम्हारा तो ही बच आना बचाता बस अब मरूंगा मैं और मार दिया मैंने अब मुझे चाहिए फ्रूट फ्रूट चाहिए फ्रूट

ये और जो भी मतलब ऐसे से लोग करते हैं ना तो उन पर वो आ रही है अब जो भी लोग मीन ऐसे कर लेते हैं ना कि लोगो वाले टूर्नामेंट वो तब से वो तगिन बिटेर के से सब पे स्ट्राइक आती है तो अब जो मतलब करता होगा वो पता नहीं कैसे करता है मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कोशिश की थी दूसरे चैनल पर वो स्ट्राइक आ गई थी फिर मैंने बंद कर दी

नहीं तो मैं कर रहा था आप तो लाइक आप आ करो आपको जोन से कर देंगे अपन अपन भी जल्दी गेम टूर्नामेंट शुरू करने वाले हैं अपने चैनल पे अपना स्पॉन्सर ये है ये उनका बाबा ढाई तीन लाख का स्पॉन्सर करेगा

गागा सब में पॉइंट कट कर लो बे ना यार यू आर ऑन फायर राइट इससे तो गया गया गया गया गया मिल गया

ओ सरेंडर कर दिया गाइस सिक्सटी सरेंडर कर दिया 63 कर पाए थे वो 63 अभी तो जरूर मेरे पे थे 50 पचास एम अपन ही है चौदह मारे अपन ने बहुत मारते मतलब अपन समझ था ना मजा आया

मजा आया मजा और ओंकार आ रहा क्या खेलने आ रहा क्या पीरो बोर्ड ओंकार

चलो आ जाओ पैसे लोगों का है क्या है? आप त्रस्ट का है ना ये तो और ये भी ले लिए साला

चलो जरूर अरे पहले लिए कमी किसी जरूर ही ले लो जरूर से मारे मारेंगे छेड़ू हम अब त्रष्ट स्पोर्ट का है कर तो ये अब त्रस्ट पे चलता है

देख लो टाइमिंग क्या अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं आजकल मैच तो ये बोलते हैं सब्सक्राइब करके रखो सब चैनल को जिससे जैसे ही मैच स्टार्ट हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आएगा

पीरो बोट गया ओमकार पवार कहाँ हो तुम एफ बी पे भी चल रहा है एफ बी पे भी चलते हैं हमारा एफ बी एफ अरे जल्दी स्टार्ट होना अभी अल माइनस भी हुआ कुछ प्लस भी हुआ वो अच्छा रहा के प्लस हो गया

गो वो वो पावर सही लगी मुझे इसकी तेरी पैदा मरूम मैं मेरा चुराएगा नाइन टेन बहुत मालूम है तेरे तो पता

जल्दी जल्दी बढ़ जा रहे लेवल बढ़ जा रहे बट भाग रहे हो भाग लो

मैं अभी बिजी हूं अभी बता रहा नहीं तो मैं तुम्हें, तुम्हें सबे मारता एक एक मैं। हाँ? तेरे चक्कर मुझे गोल कर दिया बे क्या कर रहा है अब आ जाओ अब लपेटूंगा मैं सबे

अबे मारो बे ऐसे निकल निकल अरे इनके घर में से निकल लो यार ये घर में घुस के बहुत मारते हैं इनके घर में रहते हैं तो मर जाते हैं ऐसा रहता है

जल्दी जल्दी रैंक अपग्रेड कर लो रे अरे ये कीड़ा नहीं आया भाई कहाँ गए भाई मैं रेंज अपग्रेड कहाँ से करूँगा आ गया आ गया आ गया आ गया इस पार्क इस पार्क का तो तगड़ा ही रहता है इस पार्क, इस पार्क और उसका एक रहता है इसका वो दोनों का कुंभो बहुत मस्त जाता है

अबे आज दोनों ने मार दिया यार अभी लाइव ही नहीं और नीचे चल रही है जो कुछ भी चल रही लड़ाई आ जाओ बेटा कौन आ रहा

अभी उसने मार दिया ये क्या कर रहा था पीछे वाला यहाँ चमन कहीं का चमन चमन चमन साला चलो रुक जा अभी बता रहा मैं इन सब एक एक को मार मार के अभी रुक जा बारह लेवल का हो जाऊपे बता रहा मैं बारह लेवल का होने दो जल्दी से

ये क्या बोट बन गया क्या गया भी क्या बे बोट अबे मार दिया यार लास्ट टाइम पे मार दिया अंतिम अंतिम में मार दे दिया

कोई बचा ही नहीं रहा आपके अकेले शेर बन ये फिर मेरे पीछे घूम रहा है मैं थोड़ी और ये क्या था बे इसके अबे ये तो भाग गए यहाँ क्या यहाँ क्या, क्या बंदे हैं यहाँ कोई सपोर्टर ही नहीं है बे

लास्ट वो वो मार मेरे में देखा है, एक बार कांड करके चला गया वो। वाँ वाँ। साल ने

अब आगे चाहिए चाहिए पहले तो मुझे हिल के लिए कुछ नहीं है पहले हिल करना पड़ेगा फ आगे जा पाएंगे नहीं तो हल हार जाएंगे अब। चलो सही मार दिया उसने अभी देखिए वोट मोट है क्या अभी

ये भी अच्छा आ जाओगे भाई जल्दी आ जाओ मुझे कबर चाहिए थर्टी सेवन का इसको मारा मैंने चलो आ जाओगे

अबे यहाँ कोई बचाने ही नहीं आया चीर है अकेले अकेले कहा तक मारो रहे पता नहीं क्या कर रहा है ये नूबड़े मैं ही कर रहा हूँ जो कुछ कर रहा हूँ मारो भी अपन ऐसे लग रहा है साला मैं ही सब हैंडल कर रहा हूँ

बचाते नहीं कुत्ते मतलब इतनी मेहनत से डाला उनका एक गोल ना फोड़ पाए। अब कहा गया था बे

कर दिया आम पे नहीं है कुछ वो गोल पे गोल करे जा रहा है हार गए सब मेरे मेरे पीछे घूम रहे हैं मैं कहा से मैं क्या वो हुं? क्या ऐसा लग रहा है सबके सबला वो, वो गया मैं मर गया उसने बचा ही नहीं पाया

कोई नहीं बचा पारा साल अकेले ही मार रहा हूँ मैं पूरे टीम के साल बस मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है जो भी है ये मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है पता नहीं क्या है क्या कह क्या ऑफलाइन हो गया क्या साला बस मेरे मेरे पीछे घूम गया देखना कहा जैसे मैं आगे बढ़ूँगा वो आ गए जहाँ में जाऊँगा वो बाज जा आएगा दिमाग ही खराब हो जाता है

देख वो आ गया फिर से मैंने तो ऐसे अब तो सरेंडर कर दो भैया सरेंडर कर दो अब ओकात के बाहर है तुम्हारी

अब मार देंगे अला वो बंद ही नहीं साला से खेल है। साला सरेंडर भी नहीं कर रहा है। क्या लोग हैं, माइनस माइनस पे करवाते जा रहा है, अब कर दो सरेंडर क्या करोगे खेल के जब बस औका देने खेलने की

बहुत बुरे आ रहे होंगे मैं मैंने किया था बस वो ही। उसके अलावा उनने बस करवाएं करवाएं करवाए करवाए पैस मैंने ही करा है उसके बाद उनने तीन तीन सौ खेल ही नहीं रहे बंदे पता नहीं क्या कर रहा है

के साथ खेलने पर जय होता जाला एक की जरूरत थी खेल ही नहीं रह गए अपन वही नहीं है यहां कोई हो तो खेलो ना तगड़े वो नहीं मिलते यहां लोग नहीं मिल रहे आप कोई अच्छे से टीम वाले मिले तो तो मजा आता जाला

ऐसे अकेले अकेले खेलो ना सोलो में तो रैंडम बजवा के जाते हैं अपन पूरी ऊपर से नीचे तक की मेहनत लगा लो पर रैंडम बजवा ही देते हैं चलो तब भी एक मैच खेल लेता हूँ मैं माइनस होगी तो देखेंगे खेल लेते हैं अपन आखिरी मैच है फट मैं तो ढाई <laughs> घंटा ढाई गंट, दो घंटा ही हो जाएगी बहुत खेला है

अब क्या करें इनसे कोई देखते हैं कौन कितना दमदार है अपन तो तो मैं पूरी मतलब कोज़स करता हूं। मारू मारू मारू चलो इस बार रे टीम में इस बार चांसेस हैं जीतने का गेंगार रे तुम तो मजा लगे लग रहा है कि गेंगा जीत जा जीता देगा अगर गेंगा मिले आई बिल्कुल बोटम

चलो हम दो बोटम जा रहे है तो बजा दो दो सबके कोई बच ना पाएगा वो नहीं आ रहा कोई सब्सक्राइब कर रहा है पता तो। नहीं क्या होगा तो नहीं गया सब्सक्राइब करने के बाद भी किसी का मैसेज नहीं आ रहा नहीं तो

जो भी वंदे सब्सक्राइब करता था ना उसका वे नोटिफिकेशन आ जाता था यार

तो साढ़े चार बजे आनी साढ़े तीन बजे आने वाली है गेंगर की न्यू न्यू वीडियो जिसमें अपन ने बहुत मारा है आप जाके देख सकते हो उससे साढ़े तीन बजे वो आ जाएगी ठीक है गा। आ जाओ

का माका येंगार तो टॉप पे जा रहा था ना मैं आ रहा नीचे वार्ट लगा देंगे सबकी आज तो

लपेट लपेट लपेट ऐसे जाने मत देख अबे अ लपेट लिया मुझे यार उसकी लेवल ज्यादा थी

साल सबके सब यहीं तो है वहाँ क्या वो अकेला लड़ेगा क्या सुनो वो अकेला

रेटोक दिया जाब

ये सुनो वो क्या कर रहा है यार ये सुनो आप यारूंगा गोल में

मेरे तीस के तीस बोल तो ऐसे ही रखें हैं ये ले गया साला पानी में बैल कोई तो नहीं हम लेवल अप कर ले रहे फिर फिर उठाएंगे सब बीन लेंगे फिर हम लेवल अप करते ही

आ बेटा आजा जा कहीं दुकान तो जो भी है लगी यहाँ लगी जले पिछुआ अबे यहाँ यहाँ तो आजा जाओ यहाँ सबके सब इधर उधर घूम रहे साला

कोई नहीं, नहीं आता है बात को हुई थी मार चल को हो रहा है

चलो चलो चलो जल्दी जल्दी लपेट लो चलेंगे अबे यार ये कैसे दे देता है यार कोई तो आ जाओ अभी इधर वो साला बजाया जा रहा है

मुझे करना है गोल मुझे चाहिए अब सपोर्ट पहले मैं चला गेंदार की मदद करने

कौन का इंतजार इंतजार कर कर रहा है कर रहा है है गोल डालेगा समझ में नहीं यार पता नहीं का गोल डालने की तैयारी में

मार मार दे मार दे यार तू चीज़ ंगार भी नहीं मार पा मार दिया मार, मार गेंगार भी गया धार तो भी, भी गया अब कुछ नहीं बचा अब देखो भाई नीचे आया

मारो बे, मारो मारो मारो अपने कोई चाहिए रा भी। ये भी मज़े चाहिए।, कोई चाहिए मिला के नहीं बे? 20 का 40 भाई पड़ेगा

मार दिया यार मुझे। यूनाइट यारूना जीत गए ये मैच तो जीत गया मजा आ गया। अगर आपने अभी तक लाइक लाइक नहीं किया तो करो। बना दे जीत गए ये अब तो बस कवर करो कबर

अबे इधर मारो है ना ओबे फोर्टी सेवन कौन ले पर रहा मारो सालों को 47 को फोर्टी सेवन वालों को अरे जा हमारा इधर

जरूरत ले, ले अच्छा, अच्छा। मैं आया पचास पॉइंट नहीं यार।

चलो गाइस अब अपन खेलेंगे कल ठीक खेले है आज के लिए कल फिर आएंगे नई नए, नए गेम प्ले के साथ तैयार रहें जिन जिन को भी पोके खेलना हो यूनाइट आ जाना पोके मोन यूनाइट <laughs> <laughs>

सब्सक्राइबर्स का चलता नहीं है क्या सब्सक्राइबर ओके देखते हैं और कितने। ये मैंने दिया तो है क्या? जितने में सब्सक्राइबर वगैरह सब्सक्राइब करता है उसका अलर्ट आना चाहिए

पता नहीं बंद हो गया क्या सब्सक्राइब का अच्छा ये तभी आएगा जब वो वो चालू हो गया और दे चीज तो गलत है

ये चीज तो गलत है यार बहुत गलत है बहुत ज्यादा ही गलत है, है। टेस्ट टेस्ट कर, सब्सक्राइबर करना चाहिए मुझे देखते हैं आज के लिए इतना ही होगा गया दो घंटे मैच खेला यार अब जा रहा हूँ मैं नहीं आ रहा यार

तो इस, इस टाइम जो भी सब्सक्राइब करता है उसका नोटिफिकेशन नहीं आता यार पता नहीं क्यों नहीं आता क्या लॉन्च करके रखूं क्या मैं ये अजीब दिक्कत है

और लाइट देखते हैं तो ये वो मैं तो डर की कितनों को आता है नहीं आ रहा अरे इसमें भी नहीं आया चलो गायबा भाई